दादा क्या नाम है आपका अली कहाँ है घर आपका हलोई थाना मछली सर हाँ सर दादा किस चक्कर में विवाद हुआ था क्या बात को लेकर विवाद हुआ था आ रहे हम दुकान बंद कर मारे कहा कौन थे जो मारने लगे आपको भाई का नाम नाम नाम पिता जिनका ना अच्छा मतलब कपड़ा आप नहीं सी है, उसी पे विवाद हो गया हाँ। और आपको मारने लगे हाँ। अच्छा आपके तरफ से कितने लोग को चोट आई है तीन तीन जन के आए थे लोग को हाँ। अच्छा तो आप मछली सहर में आए तारीर दिए कुछ लिख रहे हैं अच्छा लिख रहे हैं